ऐसे राज्य की राजकुमारी के लिए इतना झंझट बता दो कि तुम कौन हो वो तुम्हारे पांव धोकर कन्यादान कर देंगे देखो में डूबे हुए इन दोनों को देख कर तुम्हें क्या लगता है मामा दोनों को पकड़ के अच्छे से नमक मिर्च में डुबो के धीमी आज में प्यार से तल के कर क्या हुआ तुझे सुबह तो ठीक चल रही थी प्रभु राजकुमारी देवसेना पधार रही है देवसेना इतनी रात गए आई हो तो कोई विशेष कारण होगा माने अभी इतना बड़ा कुंदा कहाँ मिलेगा उधर उधर कुंदा तो ठीक है पर तलवार कहीं रस दी मारु कुमार हाँ, रुक जाइए प्रभु रुक जाइए ये जानते ही होंगे क्यों नहीं जानते आ, बस भूल गए थे मेरे हमें शिकार पर जाना है कुमार क्यों? जंगली सुअर खेतों को मुझे सुअर ऐसी घिनाती सुअर नहीं जंगली सुअर बात ऐसी है कि ये तो चूहे को देखकर भी भाग खड़ा होता है इसे शिकार पर क्यों जी रसोई में बैठकर ये क्या सीख लेगा लेकर आओ उसे कुमार वर्मा का है <kling> कुमार वर्मा ने सुवर को मार गिराया हो कितना <kling> तो बड़ा है घोड़े जैसे है कुमार वर्मा का साहस सामान्य है सारे जंगली सुवरों को अकेले ही मार गिराया आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा देंगे मुझे तो नहीं लगा हुँ? क्या नाम बताया शिवू। श... श... ये युद्ध में तलवार चलाए हुए हाथ है एक योद्धा का हाथ मैं नहीं पहचानूंगी हुँ? वो भी देख लेंगे बहादुर को बुलाया जाए आ, गया, नाश हो गया सत्या नाश हो गया अब इससे कौन सी लड़की ब्याह करेगी मैं क्या करूं भोले भोले बम भोले कहा सुना नहीं उठ। अरे भो ठीक से रखो म, म, म, मामा कहा लोरी लोरी सुनिए आप तुम्हें कौन सुनाएगा आप लोरी से गा लेंगी मुझे नहीं आती नहीं आती आप क्या टूट गया इस दुख में मैं क्या क्या पूछे जा रहा हूँ मुझे खुद नहीं पता भोले भोले बम बाबा कहा बोला है वो अनजान है जग से उसे कौन है जो कहा जो प्यार जताए वो बाबा कहा तक इसी वस्त्र में है